के भी पानी निकल रही है। सकते से निकल रही है रही तो वो देख दिखा दे रही है सकते से कहा न्यू ब्लॉग तो राजगीर घूमने के लिए आए राजर क्या हूँ इतनी बुरी हालत है हम लोगों की क्या बताओ आपको आवाज़ से लग रही ये देख सकते हैं <laughs> एक रास्ते में ये टग गए और ये कुर्दार है और क्योंकि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि एक ब्रह्म पहाड़ है उस पर भी चढ़ा था तो दोस्त लोगों ने बोला था कि हम ब्रह्म कुंड, कुंड पे लेकिन दोस्त लोगों ने सुरकुंड पे चढ़ गया जिसके कारण हमें उस पर पूरा चेहर उतरना पड़ा फिर इस पर चढ़ रहे इतनी हालत बेकार है क्या बताओ सभी जगह से पानी पास ही निकल रही है आप सोच सकते हैं कि कहां-कहां से निकल रही होगी घटिया सोच थू। हमारे एक भैया जो कि देखिए वीडियो बना रहे तो वो बहुत ही आगे बढ़े तो मिलते हैं आगे क्या होता क्योंकि हम लोग बहुत हाइट पे आ, आ, आ चुके हैं क्योंकि तो पीछे जो देख रहे हैं उस पहाड़ी पर हम चढ़ के उतरे थे और ये दूसरी पहाड़ी है जिसका नाम सुरकुंड सुरकुंड पे हम चढ़ रहे हैं तो वीडियो बनाने के कारण अभी भागे थे बहुत तेजी से सोच रहे थे मेरी पसीना ना देख जाए इसलिए अपनी पसीना को सिपाने के लिए देख सकते कितनी भाग रहे अरे देख सकते हैं दोस्तों ये तो कितनी ऊपर हम आ चुके हैं नीचे की नजारा भी नहीं दिख रही है छोटा छोटा दिख रहा है जो व्हाइट है वो है वहाँ का चार मंजिला यहाँ से जीरो लग रहा तो आगे मिलते है ये देख सकते है हमारे जो पिछले साथी थे जो हमसे बड़े हैं भैया लगते हैं तो ये भी आगे आ गए हैं स्ट्रिंग के सारे पीपी के इनके भी पानी निकल रही है आप समझ सकते हैं से निकल रही होगी अच्छा तो देखते हैं बुरी हालत दे सकते हैं तो इनसे पूछते हैं कि क्या हालत है इनकी तो भैया बताइए क्या हालत है आपकी हाँ चल चल के बुरा हाल। इतनी, कितनी बुरी हालत बहुत बुरी हालत ऐसा क्यों हुआ ऊंचाई के कारण अच्छा इससे पहले हम लोगों ने एक और पहाड़ पे चढ़ी थी वो किसके कारण चढ़े थे साथी के कारण थे क्यों साथी झूठ बोल के चढ़ाया था या सच बोल के ब्रह्म कुंड के था? बगल <laughs> <बोला था? laughs> से रास्ते जाता है हाँ। एक पे चढ़ गया ना तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी हालत है और यहाँ पे गर्मी लग रही है और हम थोड़ा पतला है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिर भी चलते है आगे हम आप अपने स्टूडेंट और टीचर लोग से मिलाते हैं, आगे मिलते हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो हमारा सफर सफल हुआ क्योंकि हमारे दोस्त लोग मिल चुके हैं तो चलते तेजी से मिलते हैं उन लोगों से उनकी भी हालत पूछते है क्या हुआ तो वो देख सकते हैं हमारे साथी लोग और आगे एक कोना इधर है और तीन कोना ऊपर चढ़ चुकी है तो इनसे भी पूछेंगे की क्या हाल है तो वो देख सकते हैं मंदिर दिखाई तो दे रही है वो उसी मंदिर तक हमें जाना है वही मेरा मंजिल है तो आगे देखते हैं आगे लोग मिल चुके हैं और आगे आगे है तो आगे देखते हैं क्या होता है तो फाइनली हम लोग मंदिर पे पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडेंट लोग देख सकते हैं ये देखिए तो क्या हालत है चढ़ने में मजा आया बहुत हाँ, मजा आया तो आगे भी मिलते है अगले स्टूडेंट लोग से हमारे स्टूडेंट लोग से मिल सकते है ये देख सकते है तो आप लोगों को क्या करना क्या है? मजा आया हाँ, बहुत आया। मजा आया इसी सब के कारण हम ब्रह्म कुंड पे चढ़े थे सुरकुंड पे फिर चढ़े <laughs> इसी इसी सर के कारण हम लोग ब्रह्म कुंड पे चढ़े थे <laughs> फिर सुरकुंड पे चढ़ा पड़ा अभी आप लोग इसे कमेंट में क्या करना चाहते होना बोल सकते हैं इनको नाम, सर, नाम नाम से बता अच्छा बात नहीं इन्हीं के कारण आए गए थे बरह पे हाँ देख सकते हैं ये लोग हमारे स्टूडेंट लोग हैं कुछ भाई है टीचर भी है तो हम लोग ऊपर चल रहे हैं ऊपर से नजारा आप लोगों को दिखाएंगे कि ऊपर से क्या नजारा इन्हीं सर के कारण ये हालत मेरी हुई है क्या बताओ तो एक आप लोग इनको क्या बोलेंगे कॉमेंट में बोलिए क्योंकि इतनी बुरी हालत आज तक नहीं हुई <laughs> तो ये सुरकुंड के ऊपर का चारों तरफ की नजारा है, तो आप, है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी नजारा है तो आगे बढ़ते है आगे बढ़ते हुए हम नीचे उतरते है नीचे का नजारा भी देखना क्योंकि सर लोग बोले कि की अगली मंदिर की ओर भी जाना तो ये देख सकते हैं वो जो छोटी छोटी दिख रही है ना वो मारते हैं हमारे नीचे जो कि की दस मंजिला है लेकिन यहाँ से मच्छर की तरह तो लग रही है समझ तो सकते देख सकते जो ऊपर है तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी मूर्ति है ऊपर मोबाइल को बंद कर क्या? भगवान। मोबाइल मोबाइल को कर को बंद बंद कर कर जा थी, दाना दाना मना के के भी तब उतरते। देख सकते कितनी छोटी नाजुक है क्यूँकी हम लोगो को सोख संभाल उतरना पड़ रहा तसल उतर रहे तो आप लोग वीडियो में बने रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो आगे का सीन बस इससे वीडियो में मिलेगी तो ये सुर सुरकुंड के अंदर का नजारा ये देख सकते हैं आप लोग और यहाँ पे बच्चे लोग घूम रहे हैं तो बच्चे लोग निकल भी रहे हैं तो ये अंदर का इतनी इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग ये देख सकते हैं ये तो आप लोग पढ़ते जाए को रोक रोक के पर है क्या लिखा हुआ क्योंकि तो इतना पढ़ तो लिखा है कहा तो देख ही सकते हैं कि यहाँ के कितने अच्छे नज़ारा है तो वीडियो में आप लोग बने रहें क्यूँकी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अच्छे-अच्छे दिखने में क्योंकि अंदर घुसा रहे हैं फोन तो अंदर चलाना वर्जित होगा तो आप लोगों को लोग होता है तो मिलते रहे नीचे उतरते हैं फिर आपको बताते हैं की नीचे उतरने में क्या हालत होती है क्या नहीं होती है तो आप लोग वीडियो में बने रहे ये देख सकते हैं ये तो ये ऊपर की जो नाश्ता हो रही है बच्चे लोग कर रहे हैं ऊपर नाश्ता ये देख सकते हैं <laughs> पसीना बचाने कर नहीं भाग रहे थे आगे रहे। पसीना छूट गए तो भी घुम बोली अब हमको ले लो आप लोग पसीना दिखाने के लिए भाग रहे थे आगे अभी आगे आगे अभी आगे, आगे आगे तो नाश्ता बच्चे लोग कर रहे हैं तो नीचे उतरते देखते तो यहाँ देख सकते हम लोग नाश्ते करते हुए आगे निकल रहे हैं ये ये लोग टीचर है कैसे टीचर है दोस्तों देख सकते अब पसीना छिपाने वाले टीचर चले दो बजे तो तो चार महिला तो कोई -कोई क्या बात है सर क्या बात है <laughs> तो आप लोग सुन रहे है ना पसीना बचाने वाले की क्या सोच है खूब मानता है रे क्या सोच है कन्या के बारे में इतना सोचते सोच क्यों सर गजब सोचतेजबी है क्योंकि उतरने पर बहुत ही फास्ट, उतर रहे हैं। फास्ट। तो थोड़ा शरीर म... का संतुलन बनाकर उतरना पड़ रही है तो आगे हम लोग उतरते हैं देखते हैं क्या होता है क्योंकि बहुत नीचे उतरना पड़ेगा तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ठीक है बस गाइस तो क्यूँकी हम अब अगले बुलौग बुलौग में क्योंकि हम लोग नीचे उतर रहे हैं नीचे उतरने के बाद बच्चों को एक साथ करके बाई बाई। अपने अपने जगह पे पहुँचाना क्योंकि अगले भी जगह भी घूमने अगले जगह काफी भी ब्लॉग आप लोगों को भी मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग तो इस ब्लॉग को शेयर करे सब्सक्राइब कर ले चैनल को और तब तक लिए हाय बाय हाँ। हाँ। हाँ। ये बासन पसीना छुपाने वाले हाय कर रहे <laughs> तो बाय मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में